मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके वचन पत्र का एक वादा याद दिलाते हुए कहा कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि जैविक खेती के प्रशिक्षण प्रमाणिक बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा विशेष पैकेज देना तो दूर वो तो जैविक खेती को ही भूल गए थे वही इस दौरान सीएम ने इंदौर में ग्रीन बोर्न जारी करने के बारे में भी जानकारी दी मुख्यमंत्री शिवराज से कांग्रेस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा अब मुझे कांग्रेस की हालत के बारे में कुछ नहीं कहना है वो आपस में ही कह रहे हैं यहाँ दिल जोड़ रहे हैं वहाँ हाथ नहीं मिल रहे मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को यह जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखने की थी सब लिख दी लेकिन जो कहा गया जो वादे किए गए वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए कमलनाथ आपने वचन पत्र में वादा किया था की कि जैविक खेती के प्रशिक्षण प्रमाणिक बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा विशेष पैकेज देना तो दूर वो तो जैविक खेती को ही भूल गए थे चौहान ने कहा कमलनाथ आपने जो कहा वो आपने किया ही नहीं यहाँ दिल जुड़े हुए हैं, वहा हाथ नहीं मिल रहे कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई लेकिन जो कहा गया जो वादे किए गए वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा अब विशेष पैकेज देना तो दूर जैविक खेती को ही वो वो भूल गए थे। आपने आपने जो कहा, कहा किया नहीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, मुझे आज यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश कई नवाचार कर रहा है उसमें से हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार है कि इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे इंदौर नगर निगम का बिजली का खर्च कम करने के लिए उन्होंने तय किया था की कि नर्मदा का जल खरगोन के जल्दी से आता है वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उसे इकट्ठा करेंगे इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया पहले ही दिन केवल ढाई घंटे के अंदर ही ओवर प्राइस हुआ और लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए अभी दो दिन और शेष है जरूरत थी दो करोड़ रुपए की तीन करोड़ रुपए में यह पूरा पावर प्लांट लगेगा लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हम हरित क्रांति के लिए काम कर रहे हैं उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से अपने भरे हैं। शहरों को विकसित करने की एक नई राह मिली है और ग्रीन एनर्जी का उत्पाद करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं चौहान ने कहा मैं इंदौर इंदौर नगर निगम जन प्रतिनिधियों व इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है उसमें से एक हमारे इंदौर निगम नगर निगम का नवाचार इंदौर ने नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है वहां वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का उसके लिए बिजली की जो जरूरत उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और ढाई घंटे के अंदर ही कल ओवर सबक्राइज हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड भरे गए अभी दो दिन और शेष है जरूरत थी दो करोड़ रुपए की 305 करोड़ रुपए में यह पूरा पावर प्लांट लगेगा लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हरित क्रांति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से ये अपने बॉन्ड भरे हैं एक नई राह और मिली है शहरों को विकसित करने की कि हम इस तरह के बॉन्ड बाकी शहरों में भी जारी करके हम विकास के लिए भी धन जुटा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं मैं इंदौर इंदौर नगर निगम इंदौर के जनप्रतिनिधियों को इंदौर की जनता को